उसकी माँ की है हाल देखो तेरी हिम्मत कैसे यहाँ की क्या डाला तो तो डाला हमने ये देख क्या तूने डालने तोड़े आगे तोड़ दे तोड़ दो टाँगे तोड़ा टाँगे तोड़ाओ यहाँ निकल ले करूँ चिपक रहा तू Hey एम आप देख रहे हैं हमारा चैनल की आपके लेके आया जब पीपल इंडिया तो क्या रियक्शन होता है एंड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पंद्रह अगस्त पेक्लूड है पूरी, है। पूरी, है। पूरी, है। पूरी है। और कमेंट करिए जाके कैसे है भाई था क्या भाई भाई तेरे बर्थडे है यार तेरा बर्थडे कहां आता है यार बर्थडे का पार्टी यार कहां है यार मतलब एक काट एक काटो मतलब क्या भाई यार इतना ग्लैप करके कौन सा बर्थडे बनाता है सुना देख ले हां यार हेलो कहां है यार भाई यूबी कब आएगा यार भाई यार ट्रेन आने के जर कैंसिल होता है सही ठीक है ओके लोग भी ना ठीक है भाई बोलना क्या पहले मन बोला तीन बजा मतलब कह भी देती बस तो सारा बस का इतना लंबा चौड़ा मतलब निकाल देती है अच्छा हमें तुम्हें परेशान कर दी मैं नहीं कर सकती तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो अब सारा एक बस का इतना लंबा चौड़ा मैं कौन निकालता बस ना हो गई एक्सप्रेस हो और सर इन सबसे ना आपके बच्चा एक पहली बार तो ये की लड़की को पढ़ने में मन लगता है है तो धोबी से पढ़ने का मन भी हो जाए ना तो ये पढ़ने भी देती है कि वो बोलेगा बट नहीं सला तो दे दे। नहीं देती हूँ बोर कर रही हूँ तुमसे त्याग नहीं करती हूँ एक काम करो आराम से पढ़ो बैठे क्योंकि जा रुको आई तुम पढ़ो बैठे अभी जब जी बोल रहा था पढ़ो बैठे तो पहले बोल देती है क्या जरूरत है कौन सा बुद्धिमान लड़का है वो पढ़ेगा और सला मेरी नाम तो जी है की लड़की को अपने बाप से आईफोन मांगती है बट आप आईफोन फोन तो चलाने वाला नहीं है क्योंकि बाप की सारी एम दिन ही होती है बट नहीं पढ़ोता तो आईफोन तो चला रही है उन्हें तो आईफोन चाहिए तो आई आईफोन लेने चक्कर में उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड की एनपी होती है जो तो बताती है उनके लिए फायलिमिटेड ए टीम नाम पे हमने जिसके पाँच सौ फ्री का गोस्ट होता है जिस की बतमानी होती पटाती हो तो चार दिन में लड़की बटाती है लड़की बटाने के बाद आराम से पाँच छह दिन तो आराम से बात करती छठे दिन बात करना पद अब लड़की को तो कुछ भी उसे तो बात करनी है तो पता जाता है बात करने के लिए तो बोलेंगे अपनी माँ के आंसू अगर बस उन्हें तो होता है कि एक बार पूछ ले जाते हैं अब इस अर्जुन के बढ़ने पर उनकी माँ भी हुई तो थी सलाइसू के चक्कर में हो जाती है रोते रोते घर लग जाए करने के बाद लड़की के तो मार करें तो पता ही नहीं है कि वो करके आ रहा है वो जन्नत में या कहा पहुंच गया बेदी बेदी तो बोली बेबी बेबी पापा ने आईफोन नहीं फोन नहीं दुआया दिलवाओगी तो एक अच्छा उनका है एक एक जिसकी वजह से हाथ डाल ना उसकी बॉडी पे का कहा बाइक है बाकी करती है और आई फोन लेने के बाद भी क्या होते हैं चली जाती है जो भाई के के चलेगी 40 साल की बनवा दी यार भाई तुझे तो बोल रहा हूं समझ गया क्योंकि नहीं तो फट्टे का बहुत बड़ा होगा समझ जाए तो कोई तेरे टाइप की लड़की नहीं यार छोड़ इन सब टेंशन देखो अबे सड़क के पास देने के लिए वो हमारे पास देंगे इसका मतलब क्या है तू उम्मीद है कुत्तों के इधर घूमता रहेगा यार हेलो आ गई है ऐसे कम से बात करते ना टाइम टाइप लग रहा है लिया है, बहुत ही लड़का है। नहीं। इसे बात तो मैं बोल नहीं बोलता हूँ बोलता ही लड़का लड़की उसे देख लो आई फील नहीं तो तो तो बोलना कोई फायदा नहीं तो। तो। नहीं है यार यार दिक्कत बहुत बात बात रहता ही ही मत मत ठीक तो करता अरे अरे भाई कुछ हुआ तो नहीं <स दिस दिखए> <स दिल्णाराग> <स दिखए> संभल के चलाया कर भाई संभल के भाई सॉरी यार अभी लग जाती भाई चोट तेरे को अरे नहीं यार भाई सॉरी यार कुछ हुआ तो नहीं यार चलो भाई कोई ना भाई सॉरी भाई सॉरी सॉरी यार चल चला चला भाई चल आराम से चलिए ठीक ये बोल जय जय yaar hey lad lad lad lad faltu bolo khatam kar ke ab tum log aa gaye isne bhai lad bhai juro aane mai arre koi aane waali nahi hai kya kar raha hai tu ladki ke bare mein gandi bolna lad gaya संघा दी हो बता दानी है पाकिस्तान सबूत यही भारत माता की उतनी इज्जत करते कितनी तुम करते हो जब तुम आपस नहीं लड़कर के देश को पोखड़ा कर रहे हो तो चाहे कहा शहीद वो सब आतंकवादी नहीं वो भी हमारे देश को बर्बाद करेंगे जब तुम आपस में ही लड़ रहे हो तो हर मुसलमान आपस में लड़ेगा हर हिंदू को काटने को घूमेगा हिंदू नहीं कोई, कोई, कोई, कोई मुसलमान नहीं हम सब हिंदुस्तान के बेटे है और भारत हमारी माता है जब तक हम अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे हमारे देश में आपस में नहीं लड़ेगा तू मेरा धर्मां तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ